तो वेरिएंट ना यूज करने का सेकेंडरी रीजन सेकेंडरी रीजन है converges. जैसे यहाँ आपका बाइट है। अगर मैं यहां पर नीचे एक मैक्रो बनाता हूं सब्जेक्ट आर प्लस वन जैसे मान लीजिए हमने यहां पे दे दिया डिम बी एज ए बाइट और बी के बी इक्वल टू टू, टू पॉइंट सिक्स थ्री कर दिया राइट एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम इस बी को कॉल करके देखते हैं कि क्या आया तो यहां ऑटोमेटिकली आपको क्या हो गया राउंड हो गया राउंड हो गया अगर मैं डेटा टाइप यूज ना करता वेरियंट यूज करता तो कन्वर्ट होते नहीं फिर मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको राउंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता राउंड का फंक्शन अप्लाई करना पड़ता पहली चीज दूसरी चीज जैसे यहां पे देखिए यहां पर डेट है राइट right? तो अब डीम डी डेट कर दिया तो ये हमने टेक्स्ट में डाला है लेकिन ये डीटी जो है डेट का वेलेबल है तो ये अपने आप को कन्वर्ट करके इसको डेट बना देगा बट अगर मैं डिफाइन नहीं करता सिर्फ डीटी रखता तो एक टेक्स ले लेता अपने आप को फिर डेट नहीं बनता फिर क्लियर है, है? तो इसलिए यूज होता है